आया साथ मरे गया को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे तो गलत कर डाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त cheez badi hai mast mast cheez badi ho mast chic go cheez badi mast mast mast out low can you go? नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन क्या जोश जोश नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोश मत होश तू हर वक्त वक्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज़ बड़ी हो bade jeez bade bas haan ye bade bhi chhatani hai ishq mein tere mar jaani hai कोई खुद को बचाए दिलों में जा तू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त is bade hum